जिंदगी ने एक चीज सिखा दी अपने आप से खुश रहना किसी से उम्मीद न रखना कि जिंदगी ने एक चीज सिखा दी अपने आप से खुश रहना किसी से उम्मीद न रखना मौसम और इंसान कब बदल जाए इसका भरोसा किसी पर मत करना